तुझे ही खुदा जब मैं बादल बन जाऊं, तुम भी बारिश बन जाना जो कम पड़ जाए सर तुम मेरा दिल बन जाना हाँ। सावन की बूंदे तू हर मौसम बरसाना जो कम पड़ जाए तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से दूर जा से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम दूर जाना नहीं तुमको है कसम खुद से ज्यादा खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते चाहते हो दिल चाहते हो जा चाहते हो हमसे बता हो हसते हैं da uh -huh. हो हमसे बता के क्या चाहते यार जितनी दफा मैं मुझको यकीन सबसे हो होके अभी तेरी रूह से जुड़ मैं मिला जो तू यहाँ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 ता है उनको तुम्हें चुप कराना जानी में रो रो के समंदर भर दिए क्या तुम भी रो रो के नदिया भरते हो एक बात बताओ तो यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब, अब भी मोहब्बत करते हो ra ra ra करा मैं वे खुद सवाल बार, बार करा मैं मैं प्यार करानू जो प्यार करे मैं या उदा हो जा जी दे नाल प्यार करा मैं या उदाह हो जा जी दे नाल प्यार करा मैं इतना फर्क मेरी और उनकी मोहब्बत में डरते तुम हमसे डरते हो एक बात बता तो यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अपनी मोहब्बत करते हो रा र क्या चाह रब से भी जाता तुझे चाह रब से भी जाता फिर भी ना तुझे पा सके करना तू हो बर्बाद स्वाद सुंद दे जैसा प्यारी प्यारोगे बड़ा बचताओगे बड़ा बचताओगे मुझे छोड़कर जो तू जाओगे बड़ा बचताओगे तुम बिन कहीं करार ना आए तो क्या करूं हर पल तुम्हारी याद सताए तो क्या करूं तुमको तस्त यही है भुला दो तुम्हें दिल से तुम्हारी याद ना जाए तो क्या करूं बारिश आ गई और चली भी गई कोई दिल में सिवा तेरी आया नहीं जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया भूल जाना तुझे हमको आया नहीं दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से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 शिकों में सबसे मेरी की पसंद आए मेरी की पसंद आए मेरी की पसंद आए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 रा कतरा जीरा लम्हाम रहा, लम्हा लम्हा रहा कैसे खुद को मैं संभालू तू बता तेरे बिल है सोना सोना मेरे दिल का कोना कोना तू क्या जान कैसे इतने रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी, मेरी आशिकी पसंद आई मेरी आशिकी पसंद आई मेरी आशिकी पसंद आई पसंद आए छड़ियों वाले त्योहारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा जलती है तुझसे सारी काजल की से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया सरिया तेरा इश्क़ है तिया रंग तेरी फिक्र continue in English कहना ले जब तक तेरी लहर में खाह से मेरी चलिए तू किए तू दिल ये तो जान दिया तू तू तू तू तेरे बिना बिना मैं ना रहूं, मेरे कि चलिए ओ सावरे सुनबाव केरा ता लंबे आ लम्बे आरे कटे तिर संगया संग आ रेरा तम्बे आ लम्बे आरे कटे तेरे संगया संग आ रे दे तारे कहते ने सजड़ा तो ही चन मेरे इस दिल रे तेरी मेरी वश हो करना कभी से दो पीछे चली तेरे पीछे चली दिल्ली तो जान दिया तू तेरे बिना मैं ना रहू मेरे बिना तू कि चली तू किथे चलिए तू किथे चलिए काटू कलिए ओ सिरातावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे लम्बे आ लंबे आरे कटी तेर संगे संग आ रे खेरा तम्बे आ लंबे आरे कटे तेर संगे संग आ संगे आरे। तेरी संगया संगे, यार, संगे यारे, के लंबे आ रेरी संग आ रे बोला बद प्रेमी आवा अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेम नी आवा सुन मिल जा साथ तेरा तो सारा जहाँ तारा च पीला तारा रंगीला तारा रंग बैरू जुए ताड़ा तारा और चौपीला तारा और रंगीला तारा रंग बहरू जुए ता ढोल बजे नॉनस्टॉप हल्ला अपनी तुम बलियानिया छोरिया चल ले चले तुम्हें आरो के शहर में धरती बे दुनिया हमें प्यार न करने दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा इश्क़ तो है वही जो है बेनता तूने कभी जाना नहीं ही नहीं न से तेरा तेरा ही रहा कि जब तक जियूं मैं जियों साथ सात फिर चाँद बन जाऊ तेरी रहेगा न बुला बुलारू तेरा प्यार दिल से बुध नी हो मेरी जिंदगी का न जिस दिन बुला रू तेरा प्यार दिल से बुध नी हो मेरी जिंदगी का न खहर कठोरी में मेरी न खहर कठोरी आखन में I saw you in the night, and I see you. I just didn't know. है जोन तेरे भारा कोई चीज जचती नहीं है कसम से मेरे हाथ में तेरे हाथों से ज़्यादा मेरी रात दिन हिंदी इधे नाम ती रख हिंदी इधे नाम तेरे, ना तेरे, ना तेरे हम जिस दिन भूला हाथ तेरा प्यार दिल से बोलना ग्री मेरी जिंदगी का